राम राम लाड लो स्वागत आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हरियाणा विद टेक्नोलॉजी वा तो आज की वीडियो में मैं आपसे बताऊँगा इस हरियाणा गवर्नमेंट टैब में आप इंस्टाग्राम किस तरह चला सका आज की वीडियो छोटी सी होने वाली है आज की वीडियो मैं आपको बता दूँगा आप इंस्टाग्राम जिस तरह मर्जी चला सका स्क्रोल करगा तो पहला अपना टैब ना सीधा कर लें तो जो अपना टैब सीधा हो लिया तो आज की वीडियो ना इंस्टाग्राम आप सीख लेंगे कि आप किस तरह तो चला सका अगर चल जाओ तो वीडियो लाइक कर दियो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दियो तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करा सबसे पहला अपना देख, देख दिखाया जी मैं इसका वर्जन कितना तो इसका वर्जन आप देख सका वन पॉइंट जीरो फोर अर जो अपडेट है सोलह तारीख तीसरा महीना दो हज़ार तेईस अपडेट हो आयो तो इफ चलो आप कुछ नहीं करना अब सरप में जाना यहाँ जाकर आपके सामने वो लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट को ऑप्शन आगे इस पर क्लिक करना यहाँ के बाद आप परीक्षा पे चर्चा दो पर क्लिक करना इसके बाद आपने यहाँ दो तीन बार क्लिक करना इस लिंक पर तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आगा अपने इधर साइन इन पर क्लिक करना जिस तरी आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अगर आप यहाँ से चलाओगे तो चलने का नहीं इंस्टाग्राम तो जहाँ से मैं कहूँगा वहाँ से चलाऊँ बिल्कुल ही चल जाएगा तो अपना कुछ नहीं करना है हेल्प पर जाना जैसे ही आप हेल्प पर जाएंगे तो थ्री डोट्स हैगे और यहाँ थे प्राइवेस पॉलिसी इस पर क्लिक करना यहाँ आप इस पर क्लिक कर दिया यहाँ डब्बे पर क्लिक करना जिस तरह आपके सामने बहुत सारी ऐप हैगे आप देख सका ये देखो तो यहाँ थे आप गूगल पर सर्च गूगल सर्च लिख कर गया जो पर क्लिक कर देना ये देखो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है तो आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ सर्च करना इंस्टाग्राम जैसे ही आप इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो आपने यहां क्लिक करना ये बिल्कुल स्क्रॉल करके चलागा ना चला फिर कहियो ये देखो ये देखो ये देखो।, देखो जिस तरह मर्जी देख सका आप ही ना। यहां से अगर लाइक करेंगे तो आप लाइक भी हो जाएगा मैं मैंने अपनी आईडी डी चलाए रखी देखो मैं आपते दिखाई दियो, ये देखो अगर आप ना सर्च करना तो आप यहाँ किसी की भी आईडी सर्च कर सका। जिस तरह मैं आपते अपनी आईडी सर्च करके दिखा रहा रहे अगर आप फॉलो करना चाहा तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सका तो आईडी का नाम क्या हुआ इट्स फिर यो नीचा डंडा सा कहांते लगा हुआ? वा? यो वाला अभिषेक जो फ़ोन नो बंद हो गया लेकिन आप इंस्टाग्राम चलाना सीख गए होंगे तो अगर आपके वहाँ इंस्टाग्राम चल गया तो हो, हो। तो वीडियो लाइक कर दियो इंस्टाग्राम पर अपना फॉलो कर दियो और वीडियो शेयर जरूर करिए तो फिर भी मिलेंगे अगली वीडियो में मेरी इंस्टाग्राम आइडिया है इट सबशेक जोगी तो आप उन ना फॉलो कर सका देखो टैब ही बंद हो गया था हर वीडियो बनाए रहे थे इधर टैब बंद हो गया बिल्कुल तो अगली वीडियो बहुत अच्छी आवाग टैब पर अपना बहुत सी नवी नवी ट्रीक़ा ढूंढ रखी हैं तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक वीडियो के तब तक के लिए राम राम जय हरियाणा जय हरियाणवी